हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे अपने फ्रेंड का व्हाट्सअप स्टेटस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं स्टेटस डाउनलोड करने के लिए वैसे तो प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप हैं जिससे कि आप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं तो देखते हैं कितने ऐप हैं जिससे कि आप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं देखिए बहुत सारे ऐप हैं जिससे कि आप स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन जितने भी ऐप यहाँ पर अवेलेबल हैं आप उनसे सिर्फ स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं मतलब ये आपके सिंगल यूज़ के लिए लेकिन जो ऐप मैं आपको आज सजेस्ट करूँगा उससे आप स्टेटस तो डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन साथ में लेटेस्ट मूवीज़ न्यूज़ वेब शोज टी शोज़ इंडिया का मोस्ट पॉपुलर ऐप टकाटक की वीडियो भी देख सकते हैं सही सुना फ्रेंड्स टकाटक की वीडियो भी देख सकते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं एक ही ऐप से तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे सब पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे प्ले स्टोर में जाने के बाद टाइप करेंगे एम एक्स प्लेयर एम प्लेयर टाइप कर लेंगे तो देखिए एम एक्स प्लेयर ओपन हो गया है आप देख लीजिए कि कौन सा एम एक्स प्लेयर डाउनलोड करना है मेरे उसमें पहले से ही डाउनलोड है तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा ओपन करने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टेटस कैसे डाउनलोड करें स्टेटस डाउनलोड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे डॉट पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे इसको नीचे की ओर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है व्हाट्सअप स्टेटस सेवर क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के, के बाद आप देखेंगे कि इसमें आज जो आपने स्टेटस सीन करें अपने फ्रेंड के वो यहाँ पर अवेलेबल है आपको जो स्टेटस पसंद है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड करने के बाद वो यहाँ पर आपके सेव हो जाएंगे सेव करने के बाद इनको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं शेयर करने का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है देखिए शेयर आप इंस्टा स्टोरी पे भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और आप अपनी फ़ोन गैलरी पे भी स्टोर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये तो था व्हाट्सअप स्टेटस कैसे सेव करें अब हम चलते हैं वेब शोज मूवीज़ और न्यूज़ कैसे देखें इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेब शोज का ऑप्शन है वेब शो देख सकते हैं आप यहाँ से देखिए बहुत सारे वेब शो हैं मूवीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पर अभी देखिए मूवीज़ देख लीजिए आप कितनी सारी मूवीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं टीवी सीरियल अगर आपको पसंद है देखना तो टी वी आप देख सकते हैं देखिए बहुत सारे टी वी हैं लाइव न्यूज़ देख सकते हैं देखिए बहुत सारी न्यूज है यहाँ पर जो लाइव चल रही है म्यूजिक देखिए म्यूजिक सुन सकते हैं आप यहाँ से ये साथ में आप टकाटक तक वीडियो देख सकते हैं देखिए नीचे देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन है देखिए ये वीडियो हैं तो फ्रेंड्स आप इतनी सारी चीजें इस ऐप से यूज कर सकते हैं अगर आप भी अभी तक बहुत सारे ऐप यूज़ कर करते थे अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे मूवी देखने के लिए और स्टेटस डाउनलोड करने के लिए साथ में वेब शो देखने के लिए न्यूज़ सुनने के लिए तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इन सब चीज़ों से फ़ोन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम है जैसे कि आपका फ़ोन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है इतने सारे ऐप डाउनलोड करने से आपका डाटा ज़्यादा खर्च होता है आपका फ़ोन का स्टोरेज लेवल बढ़ जाता है और इन सब चीज़ों से आपका फ़ोन हैंग करने लगता है तो फ्रेंड्स इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप डाउनलोड करिए इस ऐप को और यूज़ करिए इतनी सारी चीज़ें तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में